हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो ये हमारे बिटकॉइन बेसिक एंड क्रिप्टो कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है इस जैसे मैं आपको बताया था इसमें हम वॉलेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कोर्स पहले से शुरुआत से देखो तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी है क्या उसमें काम कैसे करना है और उसमें आप कैसे पैसा बना सकते हो तो एंट्री लेवल लोगों के लिए ये कोर्स अच्छा है अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को जानते हो और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग आपको सीखना है तो आप दूसरा जो कोर्स है मेरा वो फॉलो कर सकते हो उसमें हम पूरा ट्रेडिंग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स सो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स एक बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं आपको बता दूँ वॉलेट्स एग्जैक्टली होते क्या है जैसे आपका कोई पेटीएम वॉलेट होता है या फिर और किसी करेंसी का वॉलेट होता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए वॉलेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के सो वॉलेट्स इज़ वेयर यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज़ फिर आप पूछोगे ये वॉलेट्स कौन बनाता है मतलब ये आते कहाँ से है तो देखिए क्रिप्ट ईच क्रिप्टो करेंसी जो एक क्रिप्टो करेंसी है वो एक एज ए प्रोजेक्ट काम करती है तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट में आती है तो डेवलपर्स उसका वॉलेट भी लेकर आते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये पूरी ओपन सोर्स होती है और फ्री होती है तो कोई भी वॉलेट आप फ्री में यूज़ कर सकते हो ठीक है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसमें स्कैम्स भी होते हैं और फेक वॉलेट्स भी होते हैं ठीक है थीके? तो आपको उनसे बचना भी है फिर आप पूछोगे मैं एक्चुअल जेनुइन वॉलेट सोर्सेस कहाँ से देखूं कौन सा वॉलेट अच्छा है कौन सा नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा तो इसके लिए मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ तो ये एक मेथड है इसे आप जेनुइन वॉलेट्स ढूँढ सकते हो ठीक है तो इसके लिए आपको पहले इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा कोइन ठीक है यहाँ पे आने के बाद आपको सारी क्रिप्टोकरेंसीज दिखेंगी इसमें से आप कोई भी क्रिप्टोकरेंसी सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन होता है देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये करेंसी का नाम है उसके बाद यहाँ पे उसका वेबसाइट करके एक लिंक रहेगा तो इससे आपको एक्चुअल जेन्यून वेबसाइट जो है जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसका पता चलेगा तो आप ये वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो कि इनके ऑफिशियल वॉलेट पार्टनर्स कौन हैं उनके वॉलेट्स आप उस क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो ठीक है देखो अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेड लॉस कन के करके इनका एक वॉलेट है डेड लॉस या फिर योरए ये जो है वॉलेट्स आप इनके ऑफिशियल पार्टनर्स है इनके वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हो तो ये एक मेथड है या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो गूगल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूजुअली जो ट्रस्टेड वेब्स वॉलेट सर्विसज़ हैं उनके साथ ही वॉलेट ओपन करें नहीं तो यहाँ पे स्कैम होने के और एसेट्स लूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तो वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स में अगर वो एक वॉलेट गलत हो जाए आप गलत वॉलेट पर अगर क्रिप्टो करेंसीज रखोगे तो आपके सारे ऐसेट्स चले जाएँगे और जो हैकर्स होते हैं क्रिप्टोकरेंसी में वो वॉलेट्स पे ज़्यादा उनकी नज़र होती है कि कैसे वो आपके वॉलेट्स का एक्सेस मिल मिल सके उनको इसलिए आपको वॉलेट्स अच्छे से संभालना है और उसको सिक्योर और प्राइवेसी के साथ यूज़ करना है तो इस तरह से वॉलेट्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स क्रिएट करती है या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या एप्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ आप वॉलेट्स ओपन कर सकते हो या फिर उन, उनके वालेट्स पर आप क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो बस उसका टोटल कंट्रोल आपके पास चाहिए धीरे धीरे जैसे आप क्रिप्टोकरेंसी में टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सोर्सेज जेन्यून हैं और कौन से नहीं हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सचेंजेस पे कभी क्रिप्टो करेंसीज रखनी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैक होते हैं और आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैक हो जाती है तो बेटर यह है कि बाय करने के बाद आप अपने क्रिप्टो करेंसीज़ अगर यूज़ नहीं कर रहे हो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो उसको अपने वॉलेट में रख दो और सिक्योर रख दो ठीक है आगे हम देखेंगे कि क्या मेथड्स है कैसे आप सिक्योर कर सकते हो डिटेल में हम सब जानेंगे अभी वॉलेट्स तो हमने समझ लिया है एग्जैक्टली वॉलेट है क्या तो अभी आपको डिटेल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं टेक्निकल एक बेसिक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि वॉलेट में होता क्या है देखिए कोई भी वॉलेट आप क्रि क्रिप्टोकरेंसी का कोई भी वॉलेट ले लो आपको उसमें दो पार्ट्स मिलेंगे एक होता है पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की ठीक है पब्लिक की मतलब आपका एड्रेस होता है जिसपे आप फंड्स रिसीव कर सकते हो किसी और से जैसे आपने समझ लीजिए फ्रेंड से कोई क्रिप्टो करेंसी वो सेंड कर रहा है तो आप उस उसके साथ पब्लिक की शेयर करते हो मतलब आपका एड्रेस शेयर करते हो और प्राइवेट की जो है ये आपके वॉलेट की चाबी समझ लीजिए प्राइवेट की ये आपके वॉलेट की चाबी है और इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है आपको एक बार आपकी प्राइवेट की किसी को मिल गई तो आपके वॉलेट का पूरा एक्सेस उस आदमी के पास होगा और वो फंड विद्रॉ कर सकेगा ठीक है तो ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी वॉलेट में तो आपको यूजली पब्लिक की जो होती है आपका एड्रेस जो होता है उतना ही शेयर करना है जैसे यहाँ पे देखिए ये बिटकॉइन का एड्रेस है आ, ये बस इतना एड्रेस हम किसी को देते हैं और वो हमको बिटकॉइन भेज सकते हैं या फिर क्यू आर कोड भी हम सेंड कर सकते हैं तो वो होता है पब्लिक की और प्राइवेट की जो होती है वो किसी के साथ हम शेयर नहीं करते ओके तो बिटकॉइन जैसी कुछ करेंसीज़ है उसमें सिंगल एड्रेस होता है जो जिसमें आप किसी भी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके उस पर फंडस भेज सकते हो लेकिन कुछ करेंसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको मेमो आईडी भी वो डालना पड़ता है फंड सेंड करते वक्त देखिए यहाँ पे देखिए ये एक एक्सेल का वॉलेट है जो स्टेलर करके जो करेंसी है उसमें एड्रेस भी आपको देना पड़ता है और मेमो आईडी भी देना पड़ता है नहीं तो फ़ंड्स ब्लॉकचेन में मिस हो जाते और आपको फ़ंडस नहीं मिलते और वो गुम हो जाते चले जाते हैं हमेशा के लिए तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने से पहले एक बार देख लो कि रिसिविंग एड्रेस में आपको एड्रेस और मेमो आईडी दोनों पूछ रहा है या फिर यूजुअली तो सिंगल एड्रेस पे काम हो जाता है लेकिन कुछ कुछ क्रिप्टोकरेंसीज़ अलग प्रोटोकॉल पे वर्क करती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगती है ठीक है इतना आप याद रखो तो इसके बाद हम कभी प्राइवेट की किसी को देंगे नहीं और सीक्रेट रखेंगे अपने साथ तो फिर वॉलेट्स के कितने प्रकार होते हैं ये आप देखते हैं बेसिक जो वॉलेट के टाइप्स है वो दो है एक होता है हॉट वॉलेट और एक होता है कोल्ड वॉलेट कोई भी क्रिप्टोकरेंसीज ले लो आज चार से पाँच हज़ार क्रिप्टोकरेंसीज हैं सब क्रिप्टोकरेंसीज़ आप हॉट वॉलेट्स पर भी यूज़ कर सक रख सकते हो और कोल्ड वॉलेट्स में भी स, रख सकते हो ठीक है हॉट वॉलेट्स मतलब क्या जो हमेशा ऑनलाइन होते हैं जिसका आपको एक्सेस हमेशा लगता है या फिर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप यूजुअली हॉट वॉलेट्स में अपनी एसेट्स रखते हो और कोल्ड वॉलेट्स जो है वो हमेशा ऑफलाइन होते हैं है। ऑफलाइन होने के कारण इसमें हैकिंग के चांसेज बहुत कम होते हैं ठीक है थीके? तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अपने कोल्ड वॉलेट्स में ही हमेशा एसेट्स रखें जो भी क्रिप्टो आप बाय करते हो उसमें उसको कोल्ड वॉलेट्स में रख दें और हॉट वॉलेट्स में उतने ही क्रिप्टो रखें जितने आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो ठीक है बाकी सारे एसेट्स आपके कोल्ड वॉलेट्स में होने चाहिए ऑफलाइन होनी चाहिए तो थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं चलिए देखो हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स में क्या डिफरेंस है एक तो होता है हॉट वॉलेट्स जो है हमेशा इंटरनेट को कनेक्टेड होता है इसमें आप ईजीली फंडस एकदम फास्ट एक्सेस कर सकते हो विदड्रॉ और डिपॉजिट दोनों फास्ट कर सकते हो कोल्ड वॉलेट जो है वो यूजुअली ऑफलाइन होते हैं जैसे आपके पेनड्राइव जैसे होता है या फिर पेपर वॉलेट होता है ऐसे जो ऑफलाइन टूल्स है वो कोल्ड वॉलेट्स में आते हैं इसलिए आपको उसका एक्सेस लेने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए उसको एक्सेस करने के लिए जो हॉट वालेट्स होते हैं वो यूजअली ओपन फॉर हैकिंग होते मतलब ये कभी भी हैक हो सकते हैं क्योंकि हमेशा ऑनलाइन होते हैं ना और आपकी एक गलती हैकर कोजीली एक्सेस दे सकती है आपके वॉलेट का और प्राइवेट फीस का तो इसमें ये एक धोखा होता है कोल्ड वालेट्स में वेरज हैकिंग के चांसेस थोड़े कम होता है। मैंने बोलता हूँ कि पूरी तरह नहीं लेकिन चांसेस बहुत कम है इसलिए आप कोल्ड वॉलेट्स यूज कर सकते हो तो हॉट वॉलेट्स कौन से टाइप के होते हैं मोबाइल वॉलेट्स होते हैं जैसे आपके पेटीएम आपका ऐप आप होता है वैसे ही मोबाइल वालेट्स आते हैं वेब वॉलेट्स आता है, जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन उसको लॉग करने के बाद आपके फंडस एक्सेस कर सकते हो डेस्कटॉप वालेट्स है जिसमें आप विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर या वालेट इंस्टॉल कर सकते हो उसमें आप अपने क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो और कोल्ड वॉलेट्स में कौन आता है हार्डवेयर वॉलेट्स एक यूएसबी एस बी पेनड्राइव जैसे हार्डवेयर्स होते हैं उसमें आप क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करते हो ये आपको बाय करना पड़ता है अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं और दूसरा होता है पेपर वॉलेट्स पेपर वॉलेट्स ये फ्री है और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो लेकिन हर करेंसी के लिए पेपर वॉलेट्स नहीं होते इसलिए आप इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज़ है तो पेपर वालेट्स उसको ईजीली मिल जाती लाइट कॉइन बिटकॉइन इनके पेपर वॉलेट्स अवेलेबल है अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं देखिए कोई भी वॉलेट आप क्रिप्टोकरेंसी में यूज़ करोगे चाहे वो वेब वॉलेट हो ऐप वॉलेट हो कोई भी कुछ भी कोई भी टाइप का वॉलेट हो उसमें ये सारी चीज़ें होती है ये स्टेप्स होती है जो आपको फॉलो करनी है ठीक है सबसे पहली चीज़ तो हमने जैसे फर्स्ट लाइड में देखा था कि इंस्टॉल करते वक्त या डाउनलोड करते वक्त उसका सोर्स जेनुइन चाहिए ओके जेनुइन सोर्स मतलब प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत सारे वॉलेट्स मिलेंगे लेकिन उसमें भी स्कैम हो सकते हैं और फेक वॉलेट भी हो सकते हैं जेन्यून सोर्सेस मतलब उस प्रोजेक्ट का या उस क्रिप्टो करेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देख सकते हो कि इनके पार्टनर्स कौन हैं या फिर आप गूगल में से चेक कर सकते हो कि कौन से ट्रस्टेड वॉलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इस क्रिप्टो करेंसी के लिए तो वो पहले आपको ढूंढना है उसके बाद आता है कोई भी वॉलेट आप इंस्टॉल करोगे या फिर यूज़ करोगे उसमें फ़र्स्ट आपको एक क्यू कोड दिया जाएगा या फिर एक प्राइवेट की रहेगी या फिर एट टू ट्वेल्व एट टू ट्वेल्व कैरेक्टर्स का वर्ड्स का एक फ्रेज रहेगा जिसमें अलग अलग वर्ड होते हैं आठ से बारह कैरेक्टर्स के ये भी अगर किसी को मिल जाए फ्रेज़ या फिर क्यूआर कोड फिर भी आप आपके फंड्स हैक हो सकते हैं एक बार ये सब आपका बैकअप हो जाए फिर आपके वॉलेट्स रेडी रेडी टू यूज़ होंगे उस वॉलेट में आपको फिर सामने जैसे हम पे, पे या फिर कोई वॉलेट इंस्टॉल करते हैं उसमें हम, हमको क्या दिखता है कि हमारा रिसिविंग एड्रेस आता है क्यू कोड आता है या फिर हमारा एड्रेस होता है कोई भी यू एड्रेस जैसे कोई भी एड्रेस मिलेगा आपको उस एड एड्र, वो एड्रेस आप किसी को दोगे तो उस वॉलेट में आपको क्रिप्टोकरेंसीज आप ले पाओगे ओके तो ये आपका शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा वो वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद उसमें फोर्थ स्टेप है अभी पहले तो सेटिंग में जाके इस ऐप को या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर उसमें पिन या पासवर्ड पहले आपको सेट करना है जब तक आप पिन या पासवर्ड सेट नहीं करोगे आपका वॉलेट सेफ़ नहीं होगा तो ये पिन या पासवर्ड आपको कब पूछेगा जैसे हम यू ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें स्पेंड करते वक्त हमें पिन पूछा जाता है वैसे ही क्रिप्टोकरेंसी में भी जब वॉलेट कोई यूज़ करते हो उसमें आप पिन सेट कर सेट कर सकते हो जिसके बाद आपके वॉलेट्स में से एक्चुअली फ़ंड ट्रांसफर हो जाएंगे बस ये चार स्टेप इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ स्टेप मतलब आप एड्रेस किसी को दोगे तो आप वहाँ पर फंड रिसीव कर पाओगे इतना ही एक सिंपल यूज़ है आज कल यू यूज़ करने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है बस इसमें एडिशनल स्टेप सेकंड नंबर का है जिसमें आपको प्राइवेट की या फिर क्यूआर कोड आपका सिक्योर सिक्योर रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना है ठीक है तो जैसे हमने पहले दो टाइप्स देखे थे वॉलेट्स के डिटेल में हम जाएंगे थोड़ा तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है जो हमने देखा ऑनलाइन वेब वॉलेट्स ओके ऑनलाइन वेब वॉलेट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक पोर्टल पर जाके आपको लॉग करना है वहाँ पर आपको एक वॉलेट ऑनलाइन क्रिएट करके देंगे वो जब कभी आपको वॉलेट का एक्सेस चाहिए आपको उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा और आपके वॉलेट को आप एक्सेस कर सकोगे तो इसमें इस, इजी क्या होता है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है इसलिए आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो इजी टू यूज़ क्यों है क्योंकि आपको बाकी प्राइवेट की क्यूआर कोड सेव करने की ज़रूरत नहीं कहीं पर और उसका बैकअप लेने की भी जरूरत नहीं वो थर्ड पार्टी सर्विसेस या वो वेबसाइट आपके लिए सब कुछ करते हैं इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप जो ऑनलाइन वॉलेट्स है उसमें आपकी प्राइवेट कीज़ वो वेबसाइट के साथ स्टोर होती है और उसका एक्सेस आपको कभी नहीं मिलता तो इसमें आपके फंड्स तो सिक्योर होते हैं लेकिन प्राइवेट कीज़ ना होने की वजह से आपको जो एयर ड्रॉप्स है जो फोर्क क्वॉइंस है फ्री के जो क्रिप्टोकरेंसी में मिलते हैं वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है बस ये इतना सा एक ड्रॉबैक है इसमें तो ऑनलाइन वॉलेट जिसको कुछ झंझट नहीं चाहिए इजी टू यूज़ है तो वो ऑनलाइट वॉलेट यूज़ कर सकता है इसमें चांसेस ऑफ लूजिंग फंड्स होते हैं क्योंकि वेबसाइट होने की वजह से ये कभी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जा सकते हैं और उसमें आपके फ़ंड्स भी निकल जाएंगे लेकिन अगर ट्रस्टेड सोर्सेस है वेबसाइट है जो पुरानी कंपनीज़ हैं उन जैसे कोइनबेस है ब्लॉकचेन है यह पुरानी कंपनीज़ है इनमें थोड़ी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये ट्रस्टेड सोर्सेज है और बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रही है तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कॉइनबेस है उनका ऑनलाइन वॉलेट भी है एक्सचेंज भी है तो एज अ वॉलेट आप कॉइनबेस में यूज़ कर सकते हो ब्लॉकचेन का खुद का वॉलेट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग है और ब्लॉक चेन डॉट इन करके वेबसाइट अलग है तो जो वो जो वेबसाइट है उनका ये वॉलेट में यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉकचेन और तीसरा है गेट हब भी आप रिपोल या कुछ करेंसीज़ के लिए आप ये वॉलेट यूज़ कर सकते हो तो ये हो गया वेब वॉलेट्स उसके बाद आता है फ़ोन वॉलेट्स फ़ोन वॉलेट्स जैसे हमने देखा था कि कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको डाउनलोड करना है तो ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो आपको वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती है इसमें भी बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी लेकिन प्राइवेट कीज जो है कुछ ऐप्स आपको प्राइवेट की होल्ड करने के लिए देती है और कुछ आपको प्राइवेट कीज देती नहीं तो यूजअली ऐसे ऐप्स यूज़ करो जिसमें आप आपके पास प्राइवेट की वो पूरा कंट्रोल दे रहे हैं ऑप्शनस तो बहुत है हर वॉलेट के लिए हर क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं मानता हूँ कि 100 से 50 वॉलेट्स है प्ले स्टोर पे या फिर अलग अलग जगह पे लेकिन उसमें जेन्यून ऑथेंटिक वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है और ऑफिशल पार्टनर के साथ ही हमें वॉलेट बनाना है इसमें चांसेस ऑफ लूजिंग फंड्स थोड़े कम होते हैं अगर आपके पास प्राइवेट की है तो प्राइवेट की वाला वॉलेट है तो फिर आपको इजी हो जाएगा और अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो फ़ंड्स लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा है और इसमें एक ख़तरा ये है कि फ़ेक एप्स बहुत होते हैं तो फ़ोन वॉलेट्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो मेरे माइसलीयम करके वालेट है जो बिट के लिए अच्छा है कॉइनोमी एक वॉलेट है जो अलग अलग कॉइन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉक का ऐप भी है माइथर वॉलेट पहले सिर्फ ऑनलाइन था अभी उनके पास ऐप भी है जो आप ईआरसी आर टोकन्स के लिए यूज़ कर सकते हो इथेरियम जैसे अलग अलग करेंसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो डेस्क वॉलेट्स वालेट्स है डेस्क टॉप में आपको जस्ट इंस्टॉल करना पड़ता है एप्लीकेशन विंडोज़ के ऊपर तो और आपके फंड्स सेंड और रिसीव कर सकते हो ठीक इस है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सोडस इलेक्ट्रम घर के वालेट्स है ट्रस्ट वालेट है ऑफिशियल कोर वॉलेट्स होता है हर कोइन का जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कोइन मार्केट के ऐप पर जा, जाके आपको चेक करना है वहाँ से आपको कोर वॉलेट्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़े घी हो और टेक्नोलॉजी में आपका ज़्यादा हाथ है तो आप वो कोर वॉलेट्स भी यूज़ कर सकते हो फंड सेफ रहेंगे तो इसमें नेक्स्ट टाइप है हार्डवेयर वॉलेट्स देखो हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि पेनड्राइव जैसे एक डिवाइस होता है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेजर लेजर अलग अलग टाइप के हार्डवेयर्स है मैं पर्सनली हार्डवेयर वालेट्स यूज़ करता हूँ ट्रेजर और लेजर दोनों है मेरे पास तो आप भी एक परचेस कर सकते हो लेकिन अलग अलग वॉलेट्स पर सिर्फ लिमिटेड क्रिप्टोकरेंसीज़ आप स्टोर कर सकते हो इतना इसका ड्रॉबैक है ठीक है लेकिन ये ऑफलाइन होने की वजह से 100% सिक्योर है मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज़ होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए और आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो समझ लीजिए आप 20 पच्चीस हज़ार उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मानता हूँ ये फाइव थाउजेंड के आसपास इसकी कॉस्ट होती है फाइव टू एट में हार्डवेयर वालेट आ जाता है तो आप बेटर ये वॉलेट परचेस कर लो परमानेंटली आप उसको वापस स्टोर कर सकते हो आपके एसेट्स और सेफ भी रहेंगे तो अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में तो फंड सिक्योर भी रखना इंपॉर्टेंट है नहीं तो एक झटके में एक मिनट में सारे फंड्स निकल भी जाते हैं और एक टाइप है इसमें पेपर वॉलेट्स ये थोड़ा नया नए टाइप का वॉलेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए देखो इसमें एक क्या होता है कि पेपर होता है पेपर के ऊपर आपको प्राइवेट की और एड्रेस दोनों मिलता है ये आपको ऑनलाइन जनरेट करके मिलता है मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी दी है बीट बस यहाँ से ही आपको डाउनलोड करना है बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है जो पेपर वॉलेट देती है लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है कि प्राइवेट की अगर आप उनके पास भी है तो फिर आपके फंड्स मिस हो सकते हैं बेटर यह है कि सिर्फ बिटकॉइन के लिए बिट एड्रेस जैसी वेबसाइट यूज़ करो या फिर गूगल पे थोड़ा रिसर्च करो अलग अलग क्रिप्टोकरेंसीज के लिए अलग अलग वेबसाइट्स है इसमें फ़ायदा यह है पेपर वॉलेट्स में कि वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होते हैं इसमें प्राइवेट की जैसे आपको यहाँ पे क्यू कोड में दिख रहा है प्राइवेट की आपके पास पूरी तरह कंट्रोल में होती है बस ये आपको किसी को देनी नहीं है और इसका आप प्रिंट आउट लेके घर पे कबर्ड में भी रख सकते हो और इसमें फोर्क और एयर ड्रॉप्स जैसी चीज़ बेनिफिट्स आप इजीली ले सकते हो मैंने एक पूरा पेपर वॉलेट क्रिएट क्रिएशन पे वेब एक वीडियो बनाया है वो इसकी लिंक ऊपर आपको दिखेगी अभी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको पेश करूँगा वहाँ से आप इजिली वो वीडियो देख सकते हो कैसे आपको क्रिएट करना है पेपर वॉलेट और यूज़ कैसे करना है तो अभी हमने सारे टाइप के वॉलेट्स एक बार देख लिए अलग अलग टाइप के वॉलेट से आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं बस उसको अच्छे से यूज़ करना है और सिक्योरली आपको रखना है ये आपके दो इंपॉर्टेंट काम है क्रिप्टोकरेंसी में निग्लिजेंस बहुत महंगी पड़ सकती है लोगों को लोग इसको सीरियसली नहीं लेते और सारे फ़ंड्स हैक हो जाते हैं उनके तो थोड़े मैं आपको टिप्स देता हूँ कि कैसे आप हैंक होने से बच सकते हो देखिए हैक मतलब आपकी प्राइवेट की जो है वो किसी के पास चली गई तो ऐप आप हैक हो जाते हो सिर्फ वॉलेट जाने से आपका ऐप चले जाने से आप हैक नहीं हो पाते तो प्राइवेट की मतलब आपके ताले की चाबी है ये आपको अच्छे से संभाल के रखना है तो यूजुअली लोग मैंने देखा है कि प्राइवेट की स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं एक वो नोट फाइल बनाते हैं उसमें प्राइवेट की रख देते हैं लिख के उसको सेव करते हैं फिर कोई भी हैकर आपके अगर पीसी का उसको एक्सेस मिल जाता है कोई भी थर्ड पार्टी ऐप थ्रू या फिर बैकग्राउंड में तो वो प्राइवेट की ले आपके सारे फंड्स उड़ा ले जाता है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट की कॉपी करने के बाद उसको वर्ड फाइल में डालिए और वर्ड फाइल को वापस एक पासवर्ड लगा दीजिए ताकि वो कोई ओपन ना कर पाए दूसरी टिप होगी मोबाइल के लिए देखिए जैसे आप एप्स कोई इंस्टॉल करते हो तो एप्स थ्रू हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्लिप का डाटा भी वो फेज करते हैं तो जब कभी आप कोई वॉलेट इंस्टॉल करोगे तो उसको जेन्यून सोर्स से इंस्टॉल करोगे लेकिन बैकग्राउंड में अगर कोई दूसरा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया जो आपके मोबाइल पे नजर रख रहा है या फिर आप आपके ऐप आप का डेटा कैप्चर कर रहा है तो वो फंड्स उड़ा ले जा सकते तो सस्पिशियस जो ऐप्स हैं वो आप यूज़ मत करो अगर आप वॉलेट्स यूज़ कर रहे हो मोबाइल में क्रिप्टोकरेंसी के थर्ड टिप ये रहेगी जो क्लिपबोर्ड बोर्ड डेटा है जब आप मोबाइल में कुछ कॉपी करते हो तो वो सारा डेटा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है तो अगर आप प्राइवेट की वहाँ से कॉपी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्राइवेट की कॉपी करते वक्त लास्ट के दो कैरेक्टर्स कॉपी मत कीजिए उसको मैनुअली एंटर कीजिए पेस्ट करने के बाद इसकी वजह से क्लिपबोर्ड में पार्शियल डेटा जाएगा और अगर कोई दूसरा ऐप क्लिपबोर्ड का डेटा एक्सेस करता है तो उसको प्राइवेट की नहीं मिल पाएगी ठीक है फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके हर ऐप में आता है हर वॉलेट में ये ऑप्शन होता है अभी जी में भी आप और गूगल के अकाउंट्स को भी टू एफ कर सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो जो भी आपकी ई है वॉलेट्स है ऐप्स है अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में यूज़ कर रहे हो या फिर क्रिप्टोकरेंसी में हो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर ऐप में और ईमेल्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दो जो भी एक्सचेंजेस है उसको भी आप फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना स्टार्ट कर दो मैं भी 2015 में हैक हो चुका हूँ बीटरेक्स की वजह से इसलिए मुझे पता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तब नया नया था ज़्यादा लोगों को पता नहीं था मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया इसलिए मेरे बिटकॉइंस चले गए थे नेक्स्ट टिप है ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कोई भी क्रिप्टोकरेंसी आप बाय करते हो एक्सचेंजेस पर बेटर यह है कि आप वहाँ से विदड्रॉ करके अपने वॉलेट्स में ले लो ताकि उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा जैसे दो दिन पहले एक एक्सचेंज हैक हुआ है कोकोइन उसमें बहुत सारे फ़ंड्स चले गए लोगों के तो एक्सचेंज इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये कभी कभी ये भी फंड उड़ा ले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता दिखाने का पिक्चर अलग होता है और बैकग्राउंड में अलग चीज़ें चलती है क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि अभी तक रेगुलेटेड नहीं है इसलिए बेटर यह है कि आपके फंडस का कंट्रोल आपके पास ले लो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप होगी जो भी ओ या मेल आता है उसमें आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए क्योंकि ये एक क्लिक आपके सारे फ़ंड्स ले जा सकती है आपके वॉलेट का आपके डेस्कटॉप का या फिर आपके मोबाइल का एक्सेस किसी को भी मिल सकता है आजकल एडवांस हैकिंग बहुत ज़्यादा है तो बेटर है कि कोई भी लिंक्स पे आप क्लिक मत करो ओ या ई किसी के साथ शेयर मत करो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके हैकिंग होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो गए तो ये कुछ वॉलेट रिकमेंडेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ देखिए मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट छः साल हो गए तो मुझे पता है कि कुछ जो ट्रस्टेड सर्विसेज है कुछ नाम है कुछ ऐप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और अभी भी करता हूं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हार्डवेयर हार्डवेयर वॉलेट होगी हार्डवेयर वॉलेट में ट्रेजर और लेजर ऐसे दो टाइप्स के वॉलेट्स आते हैं ये आप उनकी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो डरेक्टली अमेजन से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करना क्योंकि बहुत सारे एडवांस हैकिंग में लोग हार्डवेयर जो सेलर है वो हार्डवेयर वॉलेट की प्राइवेट कीज़ कॉपी करके आपको हार्डवेयर वॉलेट भेज भी देता है ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं तो आप कंपनी के इनकी जो वेबसाइट है ट्रेजर लेजर वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो बिटकॉइन के लिए जो अगर आपको ऐप आप यूज़ करना है तो माइसिलियम करके अच्छा ऐप है ब्लॉक का खुद का ऐप है एक्सोडस करके है जो आप डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हो और पेपर वॉलेट तो बेस्ट है ही बीट के लिए तो अगर ई प्रोटोकॉल बेस्ड टोकन है तो आप उसको माई वॉलेट यूज़ कर सकते हो इसको एम ई बोलते हैं माई वॉलेट मैंने एक सिक्योरिटी के लिए अलग से वीडियो बनाया है आप वो भी बाद में चेक कर सकते हो उसमें कुछ मैंने एडिशनल टिप्स दी है कैसे आप हैक होने से और फिशिंग से बच सकते हो और अगर ए आर टोकन नहीं है बिट भी नहीं है और कुछ अलग कॉइन है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से उनके पार्टनर्स देख सकते हो कि वो किन के साथ काम कर रहे हैं उनके वॉलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे कॉनोमी है ये मल्टीपल कॉइन्स होल्ड करने के वॉलेट है काइनबेस के भी बहुत सारे मल्टीपल कोइंस उसमें आप होल्ड कर सकते हो ट्रस्ट वॉलेट करके बीनास का एक वॉलेट है उसमें भी आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्रिप्टोक्रन्सीज होल्ड कर सकते हो और अगर डेफी कॉइंस है जो आजकल हॉट है बहुत सारे लोग डेफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये आप माइथर वॉलेट या फिर कोइनबेस का एक वॉलेट है डेफी के लिए अलग से वो भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स और ऐप्स हैं तो ये कुछ रिकमेंडेड है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेकिन इन ये इंस्टॉल करने के बाद इसकी प्राइवेट कीज़ आपके पास होनी चाहिए पूरा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए और मुझे ये वॉलेट्स क्यों अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आपको पूरी तरह से कंट्रोल देते हैं आपके प्राइवेट कीज़ का बस उसको रखना कैसे है ये आपकी जिम्मेदारी है ठीक है तो ये था पूरा वॉलेट्स के बारे में इतना टाइम इस इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद मुझे ये पता चला है कि लोग सिर्फ वॉलेट गलत वालेट की वजह से अपने फंडस खो देते हैं और हैकिंग के चांसेस क्रिप्टो में 100% है इसलिए आपको संभल के रहना है हर जगह आपको सिक्योरिटी पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें यूज करने की आदत डाल लो कोई भी ऐप या कोई भी यूज़ करोगे तो पिन पासवर्ड के बिना काम मत करो अगर कल जाके आपका मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाता है तो फिर भी उसमें से हैकर को कुछ मिलना नहीं चाहिए इतना आप उसमें सिक्योरिटी लगा के रखो बस उतना करोगे तो क्रिप्टो करेंसी में आपके फंड सेफ रहेंगे क्योंकि हमें क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते तो एटलीस्ट होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो सिक्योर सिक्योर रखना ही पड़ेगा आपको फंडस को तो ये कोर्स आगे जारी रहेगा हम आगे की पार्ट्स में और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे तब तक के लिए आप बाकी वीडियोज़ मेरा देख लीजिए टेक्निकल एनालिसिस पर मेरा एक कोर्स है वो भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो चलिए टेक केयर सी यू अगेन एंड स्टे सेफ थैंक यू बाय